कहा से है घर से जादू दिखा दू दिखा दे तो नहीं किसी को कोई बता चीज दे कोई ले, कर ले ले बना इसका पैसा बना दू ब ले भाई सोना की सोना की पक्की रही बता फिर मर्द बने जनाना मर्द बकरा बना दे बकरी बकरा पड्डा बना दे पट्टी पड्डा चिड़ा बना दे बना दे भाई फेर दिखा रो करो खेल दिखा, तो दिखा, दिखा रहे हो बैठे हो तभी तो दिखाऊंगा। खिचड़ा बना रहा है यार हमने। तो खिचड़ा ये तू हम खिचड़ा देखे